इससे जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो इस बरसात के मौसम में उनकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसी की कड़ी में एक नई वीडियो है उसकी कि उन कटिंग्स को आप लगाएंगे कैसे कटिंग्स तो हमने चुन लिए ये आप देख सकते हैं क्रोटोन हो गया मोगरा हो गया फाइकस हो गया और एक दो और कटिंग है तो ये सारी कटिंग्स हम सेलेक्ट कर लिए हैं हमने लगाने के लिए कुछ कटिंग्स मैंने पहले ऑलरेडी लगा दिए हैं और बोगन बिल् की भी एक कटिंग है ये भी मैं लगाऊंगा तो ये सारी कटिंग लेने के बाद अब बात आती है कि इनको कैसे लगाना है कैसी मिट्टी इनको चाहिए कितना पानी देना है कहाँ पर इनको रखना है वो सारी जानकारी आज की वीडियो में आएगी तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे पूरी जानकारी के लिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो और वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो आइए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले तो मैंने आपको कटिंग दिखाई दी है कि सारी कटिंग्स मेरे पास रखी हैं अब इनको कटिंग्स को हमने जो कलम है जिस हिसाब से लगनी है उतनी बड़ी इनको काट लेना है और जैसे ये देखिए ये एक कटिंग है लगभग लगभग इसको ये देखिए यहाँ तक ये लगभग चार इंच बैठता है चार इंच की कलम आपको लेनी है कम से कम इससे छोटी कलम नहीं लेनी क्योंकि लगभग डेढ़ दो इंच इसको मिट्टी में रखना है और डेढ़ दो इंच इसको ऊपर रखना है और जहाँ पर इनकी ये नोट्स निकलते हैं वो ध्यान रखना है उनका कि वो ज़्यादा डैमेज ना हो कटिंग्स आपकी हेल्दी हो यही सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद अब इसको हम आ, कटिंग कर लेते हैं इनकी तो कटिंग करने के लिए मैंने ये लिया है देखिए जो जिससे कटिंग करते हैं इसमें एक चीज़ है कि इसको ना पहले आपको आ, जो स्टेलाइज कर लेना है और इस्टेलाइज जो करने का तरीका है वो ये है कि आप या तो आ, सैनिटाइज़र ले लीजिए ये देखिए ये सैनिटाइजर है और या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं उससे भी आप इस्टेलाइज कर सकते हैं वो भी एंटी फंगल का काम करता है तो इसको इस्टेलाइज कर लीजिए ऐसे इससे क्या होगा कि आपकी जो कटिंग्स हैं उसमें फंगस नहीं लगेगी तो ये मैंने स्टेलाइज कर लिया है और आप इसकी कटिंग करते हैं अगर आप कुछ भी हो चाहे कंची लीजिए आप चाहे कोई शार्प नाइफ लीजिए तो इस्टेलाइज करना बहुत ज़रूरी है पहले तो इस्टेलाइज मैंने कर लिया है अब इनकी कटिंग्स बनाते हैं ये देखिए लगभग चार इंच की कटिंग हमने लेनी है और ऐसे इसको कट कर लेना है तो ऐसे ये देखिए ये मैंने इनको कट कर लिया है अब इनको जो जो इनकी ये आप देख रहे हैं ब्रांचेस इनके जो एक्स्ट्रा लीव हैं पतिया वो सारी आपको हटानी है क्योंकि पतिया अगर इस पे रहने देंगे आप तो सारा जो पोषण है वो पत्तियों में जाएगा और कटिंग्स की ग्रोथ नहीं होगी तो आइए इस इसको हटाते हैं तो ये मैंने हटा लिए इनके अब और दूसरी जो कटिंग्स है वो तो ये देखिए ये मैंने इनके पत्ते जो है वो अलग कर दिए कटिंग से और दो कटिंग मेरी तैयार हो गई है बोगिन बिल् की ऐसे ही हम सारी जो कटिंग्स हैं वो काट लेते हैं और उनके जो पत्ते हैं वो अलग कर देते हैं तो ये सारी कटिंग्स मैंने अब देखिए काट ली है सारी लगभग चार इंच की इनकी लंबाई है और इतनी ही लेनी है हमने और एक एक पत्ता मैंने इन छोड़ दिया है अब आती है बात जो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पुरानी हमने कटिंग्स लगाई थी उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और पत्ते भी उन पर काफ़ी बड़े बड़े हो गए उनके और ये कलेर की थी कुछ गुड़ल की है कुछ ये कोलियस की है ये मोरपंखी की है तो सारी की ग्रोथ अच्छी हो गई है अब आज की जो कटिंग लगाने का समय आ गया है अब तो पहले आपको दिखाते हैं कि कटिंग्स तो हमने बना ली है अब इनकी मिट्टी कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो अब मिट्टी जो बनानी है इसके लिए हमने ये लिया है रिवर सैंड नदी का जो रेत होता है वो लिया है और जो कलम हम लगाएंगे वो रिवर सैंड में ही ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होती है दो कारण है इसके एक तो ये कि ये आ, जो पानी है इसमें रुकेगा नहीं बिल्कुल भी और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा दूसरा इसमें फंगस नहीं आएगी कलम का सबसे बड़ा कारण होता है ना चलने का कि उसमें फंगस लग जाती है और वो नीचे से गल जाती है जिस वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती तो अगर मिट्टी लेंगे तो मिट्टी में फंगस के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं तो रेत लेंगे इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आएगी सारी कलमें हमने पहले भी रेत में ही लगाई हुई हैं रेत ये हमने ले लिया है अब इसके ऊपर जो आ, फंगिसाइड ज़रूरी है थोड़ा सा तो कोई भी फंगिसाइड आप ले सकते हैं फंगस का पाउडर मार्केट से सब अवेलेबल हैं तो मैंने ये लिया है आप इसको ऐसे इसके ऊपर एक छिड़काव कर सकते हैं ऐसे छिड़काव कर दीजिए ऊपर की लेयर और अब इसमें मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से तो इससे क्या होगा कि फंगस के जो चांसेज होते हैं थोड़े बहुत वो भी नहीं आएंगे और ये पूरा जो रेत है फंगस से फ्री हो जाएगा अब इसको हम भरेंगे जो हमने पोली बैग लिए हैं जो खाली हम पेड़ लेकर करके पेड़ लाते हैं उनके जो पन्नी होती है पेड़ों की वो हम खाली करके रख लेते हैं तो ये अब काम आएंगी कलमे लगाने के लिए तो अब इनको भरना है तो मैं इसको भर लेता हूँ ऐसे ऐसे करके ही हम सारी भर लेते हैं एक एक करके तो सारी जो पन्नी है हमने पॉली बैग उनमें अपनी जो मिट्टी है वो भरकर तैयार कर, कर लिए अब आती है कलम्स को लगाने की बात और कलम्स को लगाने की बात में जो सबसे पहले आता है कि रूटिंग हार्मोन हम क्या लें वैसे तो देखिए अगर आप रूटिंग हार्मोन नहीं भी लेंगे तो भी कल में चल जाती हैं लेकिन कुछ जो उनकी जड़ें हैं वो ज़्यादा से डेवलप नहीं हो पाती तो इसीलिए हम आज रूटिंग हार्मोन का जो प्रयोग कर रहे हैं उस उसमें क्या है कि हमने बिल्कुल देसी नुस्खा लिया है इस देसी नुस्खे में जो आएगा सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये हल्दी है और दालचीनी का पाउडर है और शहद है हल्दी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है शहद और दालचीनी जो है रूटिंग हार्मोन का काम करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसे आपको आधा चम्मच ये लेना है दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच आपने शहद लेना है दोनों चीज़ों को आपको मिलाना है मिलाने के बाद आपका रूटिंग हार्मोन तैयार हो गया ये देखिए तो सबसे पहले तो एक लगभग दो इंच के आसपास का हम सारी जो पन्नी है उनमें होल कर लेते हैं ताकि जो कटिंग्स है वो आसानी से लगा सके लगा सके ये मैंने कर लिया है अब अपनी जो कटिंग है।, है कलम जो बोलते हैं इनको ऊपर की तरफ तो इनमें आपको जो हल्दी है वो हल्दी ए, को अप्लाई करना है ऐसे ये देखिए और नीचे की साइड आपने इसमें जो अपना रूटिंग हार्मोन है उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है तो ये देखिए लगभग दो इंच के आसपास ये मैंने नीचे इसमें मिट्टी में कर दिया है कलम को और बाकी की सारी कलमें ऐसे ही लगा लेंगे और आपको दिखाते हैं ये एक और कलम है मेरे पास मोगरा की ये देखिए इसको भी ऐसे ही लगाना है तो ऐसे ही करके अब इनमें कटिंग्स तो सारी लग गई हैं इनमें ना पानी देने की बारी आई है तो हल्का हल्का इनमें पानी दे देते हैं ये देखिए और इनको मैंने ना एक ही उसमें लगाया है ये सारे जो हैं एक ही प्लास्टिक की जो हमारे पास कैन थी उसके अंदर रख दिया है क्योंकि अगर सारे एक साथ रहेंगे ये कलम में तो इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा कलम के अंदर मॉइस्चर बहुत जरूरी है अगर मॉइस्चर इनमें बना नहीं रहेगा तो जो हमारी कटिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे और आपने देखा होगा नर्सरीज में भी एक क्यारी के अंदर ही सारे अपने पौधे रखते हैं ताकि उनका जो ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर है वो बना रहे तो ये सारा आज पानी तो इसमें हो गया है अब तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज का वीडियो था उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए एक अग्नि नई वीडियो में हम आपको कुछ और नई इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद